परासिया से बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है जहां किसानों ने सोसाइटी पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है जिसके बाद जांच अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं उनका कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले का पता चल सकेगा परासिया में सेवा सहकारी समिति मर्यादित चांदा मेटा में किसानों की जमा दस्तावेज पर फर्जी तरीके से लोन लेने का मामला सामने आया है सेवा समिति सदस्य किसान ने आरोप लगाया है कि सोसाइटी ने किसानों के जमा दस्तावेजों पर फर्जी तरीके से लाख का लोन लिया है वहीं इस मामले में सोसाइटी जांचकर्ताओं का कहना है कि यहाँ किसानों की लोन लिमिट को दर्शाया गया है न कि लोन वहीं अमूल्य नाम के व्यक्ति का कहना है कि बैंक से लोन लेना बताया जा रहा है फिलहाल जाँच अधिकारी मामले की जाँच करने में जुट गए हैं लेकिन किसान बड़े घोटाले का दावा कर रहे हैं लिमिट चढ़ी है उनकी लोन नहीं है लोन नहीं है जो हमने नोटिस भी भेजे है उनको सिर्फ उनके ऊपर जो लोन है उसी के नोटिस भेजे उनके ऊपर उनकी जो खतरे में चढ़ी है वो साक्षी में चढ़ी है उनको लोन नहीं है वो भूमि खतरे में डेढ़ ढाई लाख का ऋण दर्ज किया गया जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी मैंने पूछा तो बोले आपकी एक महिला एक जैसे नाम होने की वजह से गलती हुई है उस आधार पर मैंने इसकी जांच प्रतिवेदन की सभी की नकल निकलवाया निकल सत्य प्रति धीरे धीरे इनके देखे कि जिन किसान ने कैसी से ऋण लिया है जिनने एक लाख रुपये लिया है इन लोगों ने खतरों में ढाई ढाई तीन तीन लाख रुपए प्रविष्ट किया है जबकि किसान ने वो राशि प्राप्त नहीं किया ऐसी कई सहकारी समिति इसके तेरह समिति आती है जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत तेरह समिति समिति में वित्तीय अनियमितता पाई गई है किसानों के खतरों में फर्जी ऋण हुए हैं किसान ने कभी बैंक में जाकर ऋण के लिए आवेदन कराया नहीं है और ये सोसाइटी और बैंक और सहकारिता विभाग ये सभी मिलकर किसान को भ्रमित कर रहे हैं और इनके द्वारा प्रकरण की मैंने जाँच की गई है जाँच पी ऑफिस से लेकर सीएम हेल्पलाइन में हर हर अधिकारी तक पहुँचाया हूँ मैंने मामले को